आगे है बंदे और आप का लुक देखो अरे कैसे देखेगा आपको ये जारी है आप भी अंतरयामी नहीं है और मैं भी नहीं हूँ रुको पहले हुकुम को जाने दो बाद में देखो पर ये कहा से टपका साले सीधा अंडे मतलब वो बोलते हैं ना अंडा पहले या मुर्गी पहले वो तो अपन को पता नहीं पर ये साला सबसे पहले अपन के सामने आया चलो कोई बात आप उनका मतलब भूलिया देखो कैसे बनाया हुआ है अपन ने मतलब डर जाएंगे यार सब काट छाट के मतलब सारे कपड़ों तो को काट छाट के अपनी इसको बनाया है और तरह के लिए उठा लिया है मतलब वो काम हो चुका है तो ठोको यार लाइक शेयर सब्सक्राइब और लुक को देखो यार एकदम घातक बन चुका है वो तो